सरमी गुल्ल नफ्सायकमौत हर एक नफ़्स को मौत का मदा चखना ही चखना है मेरे भाई हमारी ये ज़िंदगी बड़ी तेज़ी से कटती चली जा रही है हमारी ये ज़िंदगी बड़ी तेज़ी से गुजर रही है होशियार हो जाओ मेरे भाई ये ज़माना बड़ी तेज़ी से गुज़र रहा है हमारे पास है क्या असल चीज़ हमारे पास ये बस खाली थोड़ी सी जिंदगी है जो हमें मिली है यही हमारे पास थोड़ी सी मोहलत है और ये मोहलत बड़ी तेज़ी से कट रही है Every minute which is passing, it is bringing you nearer to grave. हमारा हर लम्हा हमारे दिल की धड़कन के साथ हमें अपनी कबर से करीब कर रहा है क्या हम सोच रहे हैं उस दुनिया के बारे में जहां हमको जाना है क्या हमने सोच लिया ऐसे ही कि हमें अपनी इस दुनिया में रहना है ये दुनिया हमारी है ये दुनिया की जिंदगी हमारी है हम खुदा बने बैठे हैं हमें मौत से डर लग रहा है नहीं मेरे भाई ये जिंदगी बड़ी इंपॉर्टेंट है बड़ी अहम है ये ज़िंदगी हमें बहुत बड़ी न्यामत है ये ज़िंदगी हमें मिली है मेरे भाई इसलिए नहीं मिली कि हम मौज मस्ती में लगे रहें जो हमारे जो अभी टाइम मिला है मेरे भाई जो ज़िंदगी गुजारने का अगर इसमें हमने कुछ बना लिया तो ही मेरे भाई कामयाब है नहीं बनाया तो फिर नाकाम है मेरे भाई नाकाम है हमारी मिसाल और इंसानों की मिसाल ऐसी होती है जैसे बर्फ़ की सिल होती है जिस तरीके से एक बर्फ़ पिघलती है इमाम राजी ने बड़ी अहमदाबाद लिखी अपनी किताब में अगर सुनाएं तो हम आप लोगों को बड़ी अहम बात है वो कहते हैं वह लासान लफ़ी खसर इसका मतलब हमारे नहीं समझ में आ रहा था कि ज़माने की कसम बेशक इंसान सारा का सारा खसारे में इसका नहीं उनको मतलब समझ में आ रहा था तो वो कहते हैं इसका मतलब जब हमें समझ में आया जब हम एक बाजार में दाखिल हुए और वो शाम का वक्त था बाज़ार अब बंद होने वाला था लोग अपनी दुकानें बंद कर रहे थे ऐसे में एक बर्फ़ बेचने वाला एक ताजिर आया बर्फ़ बेचने वाला और वो चीख चीख कर लोगों से कह रहा था अय लोगों मुझसे बर्फ़ खरीदो मेरे इस काम में जल्दी करो मेरी इस काम में मदद करो मदद मदद करो तो वो चीख चीख कर कह रहा था इसलिए कि एक दुकानदार तो वो है जो अपनी दुकान बंद करेगा जिसका सामान रखा हुआ कल सुबह अपनी दुकान खोलेगा तो उसका सामान मौजूद होगा इसलिए कि मेरे भाई मान लीजिए जू अगर आपकी जूते की दुकान है अगर आपको कुछ नहीं नफा हुआ दिन भर अगर आपकी कुछ नहीं बिक्री हुई तो आपका रासुल माल तो नहीं ख़त्म हुआ आपका जो असल सरमाया वो तो नहीं ज़ाया हुआ वो तो है ही मान लीजिए आपकी सब्जी की दुकान है चलिए सब्जी थोड़ी सी बासी हो जाएगी लेकिन बची रहेगी किराने की दुकान है किराने का सामान मौजूद रहेगा लेकिन ये एक बर्फ़ बेचने वाला ताजेर ये इसकी बर्फ़ पिघलती चली जा रही हर लम्हा हमारा भी इसी तरीके से मेरे भाई ख़त्म होता चला जा रहा हम अपनी खबर से और भी ज़्यादा करीब होते चले जा रहे, क्या हम तैयारी कर रहे हैं उस कबर के लिए हमें इसी में कुछ मेरे भाई बनाना इस दुनिया की ज़िंदगी में कुछ बनाना ये मोहलत हमें सिर्फ इसलिए नहीं मिली कि हम मौज मस्ती में काटें अपनी जवानी बेहयाई में लगा दें अपनी जवानी को बर्बादी के दहाने पर लगा दें बड़ापा आएगा तब देखा जाएगा क्या देखा जाएगा बुढ़ापे में सोचो मेरे भाई क्या देखा जाएगा कोई हम गारंटी ले सकते हैं अगले चंद मिनटों की बिल्कुल भी नहीं ले सकते पता नहीं कब मौत हमें अपने आगोश में झपेट ले और हमसे कहे कि अब नहीं बस इतना ही है तो मेरे भाई हमें कब्र में जाने से पहले पहले कुछ खबर की तैयारी भी तो करना उसकी तैयारी नहीं करेंगे तो फिर मेरे भाई सोचो अभी हम जहाँ कहीं जाते हैं इस दुनिया में हम कहीं सफ़र करते हैं तो हम उसकी तैयारी करते हैं या नहीं करते हैं। वो भी ज़रा सा सफ़र होता है लेकिन वहाँ तो कितने हज़ारों सालों का सफ़र होगा लोग कब से कब्रस्तान में गए हुए हैं बाप दादा सब कब्रुस्तान में अपने दफन है क्या कोई कबर से बाहर निकल के आया बिल्कुल नहीं वो दुनिया दूसरी है और हम इस दुनिया में मस्त मगन है अगर कोई नसीहत भी करता है तो हम हंस रहे हैं मेरे भाई हंसते हैं हम इस दुनिया इन बातों को सुन के हंस रहे हैं पता नहीं क्या बेवकूफ़ा पान वाली बातें हो रही हैं नहीं मेरे भाई इन आँखों को जब आप अपनी आँखों से देख लेंगे इन सब बातों को तब फिर समझ में आ जाएगा कि ये मौलवी कितनी हकीकतें वाली बातें कह रहा अल्लाह की बातें कोई झूठी हो सकती हैं क्या हमें नहीं दिख रहा कोई मजहब में कोई मजहब ऐसा हो जिसमें बताया जाता हो कि मौत का इनकार जिसमें करा जाता हो कोई ऐसा मज़हब नहीं जिसमें मौत का इनकार करा जाता हो हर मजहब में मौत आनी है गुल्लू नफसिन मौत। कुरान ने भी कह दिया है अल्लाह ने भी कह दिया है अल्लाह के रसूल ने भी कह दिया है हर एक को मौत आनी है हर एक को मौत आनी है इंसान खुदा बना है खुदा बना खुदा बनने की कोशिश में लगा हुआ है सिर्फ एक ही भ्रम है उसका एक ही ब्रह्म जो है उसको खुदा बनने का जो तोड़ रही है वो सिर्फ मौत है मौत कब तलक भागोगे इससे बचोगे कब तलक बचोगे इससे मौत से इंसान मौत से भाग रहा है इंसान मौत से डर रहा है अभी जरा सी बातें कर दो मौत के बारे में तो इंसान एकदम डगमगा जाता कहता है ये हजरत जी मौत के बारे में क्यों बातें कर रहे हो मूड ऑफ हो जाता है यार मौत के बारे में मत करो मौत की बातें अरे ना करें मौत की बातें क्या तुम बच जाओगे मौत से क्या तुम्हें मौत नहीं आने वाली क्या तुम्हें मौत नहीं आने वाली आएगी जी बिल्कुल मौत आएगी बातें उसकी सुनेंगे तो आएगी नहीं सुनेंगे तो आएगी मौत सभी को आएगी अगर पहलवान है तो उसको मौत आएगी और अगर बेरोजगार है उसको मौत आएगी अगर रोजगार वाला है उसको मौत आएगी महल में सोने वाला उसको मौत आएगी कोटी में सोने वाला उसको मौत आएगी अगर वो कमज़ोर है उसको मौत आएगी अगर वो मालदार है उसको मौत आएगी अगर वो गरीब है तो उसको, उसको मौत आएगी अगर वो मौलवी है तो उसको मौत आएगी अगर वो नहीं पढ़ा लिखा तो उसको मौत आएगी अगर वो बी ए तो मौत आएगी अगर नहीं बी ए तो भी मौत आएगी अगर वो बड़ा एजुकेटेड है तो भी मौत आएगी और अगर अनपढ़ बिल्कुल जाहिल गवान तो भी उसको मौत आएगी हर किसी को मौत आना है हर किसी को मौत आना क्यों भाग रहा है इससे क्यों डर रहा है इससे कहते हैं हमें अभी बहुत कुछ देखना है दुनिया में अभी हमने देखा ही क्या है देख लो मेरे भाई देख लो आंखों आंखें दी हैं अल्लाह ने रब ने आँखें आता कही देखो खूब देखो लेकिन क्या हमें इन्हीं आंखों से उस अपनी जिंदगी के बारे में नहीं दिखाई दे रहा जहां हम पहुँच रहे हैं जहाँ हम कदम रख रहे हैं हमारी एक एक मिनट की जिंदगी कीमती है और हम उसको ऐसे ही ज़ाया करते चले जा रहे हैं क्या हम रब के यहाँ झुक रहे हैं उस रब को सजदा कर रहे हैं उस रब की फरमा बरदारी कर रहे हैं उस रसूल की फरमाबरदारी कर रहे हैं उसकी सुन्नतों पर अमल कर रहे हैं बिल्कुल नहीं कैसी या की दुनिया है मेरे भाई कैसी अगर समझाओ उसी कोई बुरा समझती है ये दुनिया है दुनिया मेरे भाई दुनिया यहाँ लोगों को अगर कुछ सही बताया जाए तो लोग समझते हैं गलत है यह हमारे बारे में ऐसा कह रहा है यह हमसे मरने के बारे में कह रहा है मेरा भाई हम कोई किसी से नहीं कह रहे हैं मौत आके रहेगी आपको दिख जाएगा उस वक्त में ये दुनिया है जनाब दुनिया इस दुनिया से दिल लगाए बैठे हो बेवफा दुनिया किसी से आज तक ये दुनिया किसी की हुई है बिल्कुल भी नहीं हुई है किसी की नहीं वो हिस्ट्री इतनी है सब ने सिर्फ एक ही चीज़ थी उसकी मौत वो इसी से हां दो बैठा बस वरना उसके पास दुनिया की थी सब कुछ थी वो बादशाह कहलाता था फिर ऑन था कितना बड़ा बादशाह कहलाता लेकिन मौत ने उसका एक भ्रम तोड़ दिया मेरे भाई हमें मौत से नहीं डरना चाहिए हमें डरना चाहिए आदाब कब्र से आदाब जहन्नम से मैदान महशल की रसवाई से उससे तो हम बच सकते हैं ना लेकिन मौत से हम कैसे बच सकते हैं मौत तो हमें आके रहेगी आकर रहेगी अभी हम बातें कर रहे हैं चाहे अगले चंद सेकंड में हमारी मौत आ जाए लेकिन मौत आकर रहेगी हमें उस अपनी अंधेरी कबर के बारे में सोचना है कि हम आज अपनी इस दुनिया में एक मच्छर भी बैठ जाता है तो हम उसको भगा देते हैं लेकिन कहाँ वहाँ हमारे पास जरा सी ताकत होगी ताकत होगी हमारे पास कीड़े मकोड़े पूरे जिसम पे चल रहे होंगे आँखें पूरी तरह से मकूड़ों से जकड़ी हुई होगी क्या वो डस रहे होंगे कैसा खतरनाक मंजर होगा रब कब्र से हमारी हिफाजत फरमा किस खतरनाक मंजर होगा क्या हम अपनी से उनको हटा पा रहे होंगे दुनिया में तो हमने बहुत मौज मज मस्ती करी हम यहां एग्जाम दे रहे हैं दुनिया के एक से एक जबरदस्त एग्जाम दे रहे हैं रातों में उठ उठ मेहनत कर रहे हैं जाग जाग कर मेहनत कर रहे हैं कि हम कहीं फेल ना हो जाए एक साल कहीं हमारी बर्बाद ना हो जाए लेकिन वहाँ जो तीन पेपर जो तीन क्वेश्चन जो होना है हमसे क्या हम उसके आंसर दे पाएंगे हमें अभी से उसकी क्या मिल गई है मास्टरमाइंड मिल चुका है गाइड हमें मिल चुकी है क्या हम नकल करके फिर भी वहाँ उन तीन सवालों के आंसर दे देंगे बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे जब ही दे पाएंगे मेरे भाई जब हम अपनी इस दुनिया में अल्लाह के हुक्मों को मेरे भाई फॉलो करेंगे रसोल्ला की सन्नतों को फॉलो करेंगे मेरे भाई अल्लाह के हुक्मों के आगे झुकेंगे मेरे भाई तभी हम उन सवालों के जवाब दे पाएंगे वरना नहीं नहीं हो पाएगा मेरे भाई तो दुआ करो मेरे भाई क़ब्र के सवाल जवाब से हम लोगों की हिफाज़त अल्लाह। बड़ा ख़तरनाक मंजर है मेरे भाई अगर इसको बयान करा जाए तो दिल दहल जाता है हमने बड़ी आसानी से समझ रखा है कि जो होगा बाद में देख लिया जाएगा मरने के बाद जो होगा देख लिया जाएगा यहाँ चंद मिनटा रहना हमारा चंद मिनट हमारी ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है जब हमारी किसी से ज़रा सी बेजती हो जाती है और हम कह रहे हैं कि वहाँ देखा जाएगा वो रब के सामने पूरा इतना बड़ा मजमा होगा मैदान महशव क़ायम होगा इतनी बड़ी रसवाई इतनी बड़ी तबाही होगी और हम कह रहे हैं देखा जाएगा उसके बारे में कोई सोच नहीं है गुनाह कर रहे हैं तो करते चले जा रहे हैं इस दुनिया में दिल लगाए हैं तो लगाए चले जा रहे हैं इस दुनिया की चीज़ों से दिल लगाए हैं तो लगाए चले जाना है क्या है आपके पास सर कुछ नहीं है अल्लाह के रसूल कहते हैं तीन ही चीजें है आपकी हैं उसके अलावा कुछ नहीं है एक वो जो आपने खाकर ख़त्म कर दिया दूसरा वो जो पहनकर आपने पुराना कर दिया तीसरा वो जो आपने आगे आने वाले के लिए जमा कर लिया कुछ खर्च कर लिया आगे अपने अकाउंट में जमा कर लिया कहते हैं वो राहत क्या कहते कौन से शायर हैं हसनैन हबीबी है कहते हैं इबादतों का अकाउंट भर के रखना बग़ैर कैश कोई एटीएम नहीं चलता इसी तरह मेरे भाई के अमल के नोट अपने कफन में सी के रखना वहाँ सिफ़ारिशों का कोई पेटीएम नहीं चलता तो मेरे भाई हमें अभी से अपनी तैयारी करना है उस अंधेरी कबर के बारे में सोचना है जहाँ सिर्फ हमको अकेले जाना है कोई नहीं होगा हमारे साथ कोई नहीं अभी हम सोचते हैं बहुत मज़े में अपनी ज़िंदगी काट रहा है बहुत मौज मस्ती में काट रहा है